जय हिंद ये भूगोल का प्रैक्टिस सेट नंबर आठ है इसमें भूगर्भिक संरचना के संबंधित सारे सवाल समाहित किए गए हैं जो कि पिछले किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न प्रश्न नंबर एक है निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है ऑप्शन ए है बिन्ध बी है कुडप्पा सी है धारवाड़ या फिर डी गोंडवाना तो हमारे साथ साथ आप भी हल करते हुए चलिए फिर लास्ट में बताइएगा कि कितने प्रश्न आपके सही हुए इसमें सुपर टेन सवाल होंगे जो ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट है सभी प्रश्न किसी न किसी सभी प्रश्न किसी न किसी, किसी परीक्षा में आए हुए हैं तो इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोगों ने लगा लिया होगा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी गोंडवाना क्रम की चट्टा प्रश्न नंबर दो भारतीय उपमहाद्वीप मूलतया एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते हैं क्या कहते हैं ऑप्शन ए है जुर भूखंड बी आर्यवर्त सी इंडियाना या फिर डी गोंडवाला गोंडवाना लैंड तो प्रश्न नंबर दो का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी गोंडवाना लैंड प्रश्न नंबर तीन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है असत्य इसमें छाटना है ऑप्शन ए है भौमिकी दृष्टि से प्रायदीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है बी है हिमालय विश्व में सबसे नवीन वलित या फोल्डेड पर्वतों को प्रदर्शित करते हैं या फिर ऑप्शन सी भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया द्वारा हुआ है या फिर ऑप्शन डी भारत में गोंडवाना शिलाओं में कोयले का बृहत्तम भंडार है तो इसमें यह बताना है कि ये जो चार ऑप्शन दिए हैं, चारों में कौन सा एक असत्य है तो प्रश्न नंबर तीन का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी कि भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया के द्वारा हुआ है यह गलत है प्रश्न नंबर चार सूची वन को सूची टू के साथ में सुमिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोट का सही प्रयोग कर उत्तर का चयन करिए तो डक्कन ट्रैप, डक्कन ट्रैप क्रिटेसियस आदि नूतन में बना था पश्चिमी घाट उत्तर नूतन में और अरावली प्रीकैम्ब्रियन में और नर्मदा तापी ताप्ती जरोड़क्षेप ये बना था अत्यंत नूतन में तो यही उत्तर होगा थ्री वन टू फोर थ्री वन टू फाइव तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी थ्री वन टू फाइव प्रश्न नंबर पाँच शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ था कब हुआ था ऑप्शन ए ईओ जोइक में बी पाइलियोजोइक में सी मेसोजोइक में या फिर डी सेनोजोइक एरा में तो इसमें बताना है कि शिवालिक श्रेणी का निर्माण कब हुआ था प्रश्न नंबर पाँच का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी सेनोजोइक एरा में प्रश्न नंबर छ लघु हिमालय स्थित है मध्य में किसके ऑप्शन ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के मध्य में बी है शिवालिक और महान हिमालय के मध्य में या फिर ट्रांस हिमालय और शिवालिक के मध्य में या फिर डी शिवालिक और बाह्य हिमालय के मध्य में तो ये बताना है कि लघु हिमालय जो है वो किनके बीच में अवस्थित है तो प्रश्न नंबर छः का सही उत्तर आप लोगों ने लगाया है ऑप्शन ए तो ये बिल्कुल गलत है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी शिवालिक और महान हिमालय के मध्य अवस्थित है लघु हिमालय प्रश्न नंबर सात भारत के दक्कन के पठार पर बैसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है ऑप्शन ए क्रिटेशियस युग में बी पिलिस्टोसिन युग में प्लीस्टोसिन युग में सी कार्बोनिफेरस युग में या फिर डी मायोसिन युग में तो प्रश्न नंबर सात का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए क्रिटेशियस युग में दक्कन के प्रहार पर बेसाल्ट का निर्माण हुआ था प्रश्न नंबर आठ भारत में उपबंध पराचुंबकीय परिणामों के संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थलपिंड सरका है किधर को ऑप्शन ए उत्तर को बी दक्षिण को सी पूर्व को या फिर डी पश्चिम को प्रश्न नंबर आठ का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए उत्तर को प्रश्न नंबर नौ गोंडवाना लैंड के टूटने का क्रम प्रारंभ हुआ था कब से ऑप्शन ए परमेनियन युग से बी जुरैसिक युग से सी क्रिटेशियस युग से या फिर डी ट्रियासिक युग से प्रश्न नंबर नौ का सही उत्तर आप लोगों ने लगाया है ऑप्शन बी जूरे जुरैसिक युग से तो ये बिल्कुल सही उत्तर होगा प्रश्न नंबर दस निम्नलिखित में भारत में कोयला उत्पन्न करने वाला भौमिकी समूह कौन सा है ऑप्शन है धारवाड़ बी बिंध सी गोंडवाना या फिर डी कुडप्पा इसमें यह बताना है कि भारत में कोयला सबसे ज़्यादा कहाँ किस चट्टान से मिलता है तो प्रश्न नंबर दस का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी गोंडवाना भूमकी समूह से तो इस मॉक टेस्ट का ये आखिरी प्रश्न था आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए